हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा देवी अकेडमी मैं दीप आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा देव अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाए हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे साथ आप अंत तक बने रहें तो चल अगर आप इस चैनल पर नहीं बने हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं पहला है कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस हाल ही में सत्ताईस फरवरी को मनाया गया कब मनाया गया सताइस फरवरी को तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस क्यों मनाया जाता है तो नागरिकों को प्रोटीन के बारे में पोषण के आहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रोटीन दिवस मनाया जाता है अब सताइस फरवरी मनाया जाता है तो सत्ताईस फरवरी की थीम क्या है 2022 की थीम क्या है फूड फ्यूचरिज्म क्या है फूड फ्यूचरिज्म है इसका थीम तो कभी कभी जनरेशन में भी ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 का थीम क्या था तो फूड फ्यूचरिज्म अब है जो ये जो पहली में बनाया गया था 2020 में बनाया गया था इसके 2020 में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया था अगर किसके द्वारा किस मंत्रालय किसके द्वारा मनाया है? ये बाल ये जाता है द्वारा द्वारा मनाया जाता किसके किसके किस मंत्रालय द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको मनाया जाता है इसमें और भी संस्था भाग मनाती है लेकिन जो मु, जो कार्यक्रम का जो मेन करते हैं वो महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये बनाया जाता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंग राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 हजार कहाँ पर आयोजित किया गया ये कानपुर में आयोजित किया गया कहा कानपुर में तो कानपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है अब नेक्स्ट है हाल ही में ऑपरेशन गंगा ये क्या है ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे जैसा कि आप लोग पता है कि अभी भारत यूक्रेन यूक्रेन और रूस यूक्रेन और रूस के बीच एक अभी युद्ध चल रहा है और यूक्रेन में लगभग वहां पर अभी 18000 भारतीय फंसे हुए हैं तो उनको वहां से अपने स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा को तो ये चलाया गया यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए अब बात आ गई यूक्रेन यूक्रेन तो की राजधानी कीव है। वहां के जो राष्ट्रपति है ब्लोदमिर जिलेंसकी हैं। कौन है ब्लोदमिर जिलेंसकी हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति अब है रूस तो रूस की राजधानी मॉस्को वहां का जो करेंसी है क्या है रूबल वहां के जो अभी वर्तमान में राष्ट्र कौन है राष्ट्रपति ब्लादिमिर व्लादिमिर पुतिन कौन है व्लादिमिर पुतिन वहाँ के वर्तमान में अभी राष्ट्रपति है अभी नेक्स्ट देखते हैं कि हाल चौथा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान दो हजार का का शुरुआत किसने किया है तो ये हमारे वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं कौन है, है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं क्या है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है मनसुख मंडाविया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है चलिए एक बार फिर देख लेते हैं राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस सत्ताईस फरवरी को मनाया गया उसका थीम क्या है फूड शुरुआत राजधानी शुरुआ की राष्ट्रपति जे चौथा राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान दो हजार बाईस किया है मनसुख पोलियो जो है एक वायरस जनित रोग है क्या है जनित रोग है ये में हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का <coughs> हाल ही में कोबरा बॉरियर्स हवाई अभ्यास जो होने वाला था ये कहा होने वाला था ये ये यूनाइटेड किंगडम में ये होने वाला था तो ये होने वाला था तो इसमें शुरू में बोला भारत के द्वारा बोला कि हम इसमें भी भारत पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था ये जो होने वाला था छः से सत्ताईस मार्च को होने वाला था लेकिन यूक्रेन रशिया का भी जो युद्ध चल रहा है कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते भारत ने कहा कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे अब नेक्स्ट छठा पूर्वोत्तर राज्यों के मंत्रियों के की क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे जो हमारे वर्तमान में अभी जल शक्ति मंत्री हैं कौन है कौन है गजेंद्र सिंह शेखावत <स्याख> <कौन हैक गजिन्द्शी सेखावत> हमारे वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं कौन है, है? गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं वो इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे क्या है पूर्वोत्तर राज्य तो हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में पी एम नरेंद्र मोदी ने अभी मन की बात में पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष चीज़ के बारे में भी डिस्कस किया कि नहीं उनको कुछ विशेष उनका एक महत्व है तो इस कारण उन्होंने कहा पूर्वोत्तर राज्य के मंत्री छत्तीसगढ़ के अध्यक्षता एजेंसी शेखावत करेंगे अब है इसमें क्या कहा गया उसी मन की बात कि मणिपुर मेघालय और सिक्किम में जो हर घर नल जल योजना है हर घर नल जल योजना ये दो हजार बाईस तक यहाँ पे उपलक्ष सभी घरों में उपलब्ध करा दिया जाएगा और वहीं राजस्थान प्रदेश मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड में दो हजार तेईस तक हर घर नल जल योजना पहुंच जाएगा हर घर नल हर घर नल जल योजना जल जैसा कि मैंने बताया था कि जो 2024 हजार पूरे भारत में हर घर नल जल योजना पहुंचाने का एक लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है इसमें लोगों को साफ पानी पीने के लिए हर घर नल जल योजना प्रोग्राम का ये उद्घाटन किया गया था पीएम नरेंद्र की बात है तो कभी कभी आपको ये भी पूछा जाएगा कि नरेंद्र पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पहला मन की बात का शुरुआत कब किया गया था तो पहला तीन अक्टूबर 2024 को किया गया था कब तीन अक्टूबर 2024 को और सत्ताईस फरवरी 2022 को जो मन की बात हुई थी ये मन की बात का छियासवा संस्करण था एपिसोड था अब इसमें हाँ एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बन है कि मात्र एक ऐसे राष्ट्रपति जो अमेरिका के थे बराक ओबामा 2015 में जब भारत दौरा पर थे तो उन्होंने मन की बात में भाग लिया था ये आपकी में से क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बराक ओबामा कौन से वर्ष मन की बात में भाग लिए थे तो दो हजार पंद्रह में बी नेक्स्ट है कि विश्व एन जी सताईस फरवरी को मनाया जाता है कब सताइस फरवरी को विश्व एन दिवस मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है इसमें नागरिक लोगों को जागरूकता फैलाया जाता है फैलाने के लिए जागरूक करने के लिए विश्व एन दिवस मनाया जाता है कब सताइस फरवरी को अब ये पहली बार 2014 में मनाया गया था और इसको विश्व एन दिवस मनाता है कौन है यू एन नेशन मनाता है अब अब यूनाइट की बात आ गई इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय और सॉरी न्यूयॉर्क में है कहाँ है इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में पड़ता है और जो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है एंटोनियो गुदरस हैं जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं और यहाँ पर कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि यूएन में कितने राष्ट्र हैं देश हैं तो वन हैं कितने 193 नाइनटी थ्री और दो एब्जर्वर है कौन है एब्जर्वर यूएन दो यहाँ पे कहा गया यूएन के चार्टर में लोग ऐसा मानते भी हैं कि यूएन जिस देश को मानता प्राप्त देश को मानता दे देता है कि वो देश है उसको सभी विश्व की जितने भी देशों उसको सब देश मानते हैं कि वो एक देश है कभी कभी यहाँ सुख संख्या भी पूछ ली जाएंगे तो टोटल कितने वन अब यहाँ से और भी क्वेश्चन आपका जो बनता है कि यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में ये कई बार क्वेश्चन महत्वपूर्ण तो बन है क्योंकि कई बार एग्जामेशन में ये पूछा गया है अब है तो पहला छ कितने है? पहला हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है पहला देते हैं अरबी चाइनीज इंग्लिश फ्रेंच रशियन स्पेनिश अरबिक अरबिक चाइनीज इंग्लिश फ्रेंच रशियन स्पेनिश अब अब यही है नेक्स्ट देखिए एक बार पूर्वोत्तर राज्यों के मंत्रियों की क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने भी हमारे वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के द्वारा यह की गई अब मणिपुर मेघालय सिक्किम में दो हजार बाईस तक हर घर जल योजना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है वहीं अरुणाचल अच्छा प्रदेश मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड में 2023 तक हर घर नल योजना पहुंच जाएगा दो हजार तक भारत के हर एक विश्व एन जी ओ दिवस सत्ताईस फरवरी को मनाया जाता है किसके द्वारा मनाया जाता है यूएन के द्वारा मनाया जाता है यूएन की स्थापना हुई चौबीस अक्टूबर उन्नीस न्यूयॉर्क में इसका न्यूयॉर्क में क्या इसका हेडक्वार्टर है में जिसके क्ष है अरबिक चाइनीज फ्रेंच इंग्लिश रशियन स्पेनिश अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज का कि या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है अब ये मनाया जाता है तो ये क्यों क्यों मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी उन्नीस 28 अट्ठाईस को सीवी ने किसके बी रमन ने बी रमन का घोषणा की थी और इसी के लिए रमन प्रभाव हाँ के लिए 1930 में इनको क्या किया गया नोबेल नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया कब इनको नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में अभी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को तो अब उसका कवि एग्जामिनेशन थीम भी पूछ लिया जाता है थीम क्या है सतत विश्व के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिक में एकीकृत दृष्टिकोण अब इनका जो जन्म हुआ था तमिलनाडु में हुआ था कहा हुआ था तमिलनाडु में हुआ था अब नेक्स्ट में प्रेसिडेंशियल कलर्स पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर को दिया गया प्रेसिडेंशियल कलर्स किसको दिया गया पैराशूट रेजिडेंट ट्रेनिंग सेंटर प्रेसिडेंशियल कलर को निशान के नाम से भी जानते हैं किसको दिया गया पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर को ये कहाता है ये बेंगलुरु में पड़ता है इसको इसको थल सेना प्रमुख ने प्रदान किया कितने चार चार प्रेसिडेंशियल कलर्स से सम्मानित किया गया किसको पैराशूट पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर को अब ये प्रेसिडेंशियल कलर क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार जो होता है युद्ध और शांति दोनों के दौरान राष्ट्र की अपनी असाधारण सेवा की देने के लिए एक एक ये है है है क्या अब थलसेना प्रमुख क्या है थल तो बात आ गई थल की तो जो थल की हमारे स्थापना कब हुई थी ये आजादी से पहले अठारह में एक अप्रैल में इसका अज... स्थापना किया गया था उसमें उसका नाम क्या था? ब्रिटिश इंडियन आर्मी नाम था बाद में इसको 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 सौ पचास को जब गणतंत्र के बाद इसका भारत सरकार फिर से इसका स्थापना किया अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रेसिडेंशियल ये कलोटुक तो क्या है तो सेल्फ है। है, ये, सर्विस मोटो। अब अब थल सेना दिवस कब मनाया जाता है थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है क्यों कब 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है यह अट्ठाइस फरवरी को मनाया जाता है दो हजार बाईस का थीम क्या था सतत विश्व के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक दृष्टिकोण उन्नीस सौ अट्ठाईस पर उन्नीस सौ में उन्होंने रमन प्रभाव का घोषणा किया था सी रमन ने इसी कारण उनको उन्नीस सौ में नोबेल प्राइज दिया गया था ये भारत के में नोबेल प्राइज पाने वाले पहले व्यक्ति थे भारत के तरफ से एक कमेंट करके बताइएगा कि भारत के प्रथम व्यक्ति वो कौन थे जिन्होंने पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया अभी नेक्स्टेंशियल प्रेसिदेंश, कलर्स जो है चार चार को दिया गया किसको ट्रेनिंग सेंटर जो ये बेंगलुरु में स्थित है इसको चार गो दिया गया है अभी थल सेना प्रमुख एम एन नरवणे ने दिया है युद्ध और शांति दोनों के दौरान राष्ट्र के लिए अपनी असाधारण सेवा को मान्यता देने के लिए एक सर्वोच्च सम्मान है अब इसके भारत थल सेना की जो स्थापना हुई थी भारत आज़ादी से पहले एक अप्रैल अठारह को कब इस ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से ये इसकी स्थापना हुई थी और जो कब्यूट एग्जामिनेशन में इसका आपके एग्जामिनेशन इसका मोटो पूछा इसका मोटो क्या होता है सर्विस बिफोर सेल्फ स्वयं से पहले सेवा और थल सेना दिवस पंद्रह जनवरी को मनाया जाता है और शादी के बाद सभी नवीन उन्नीस सौ को इसका फिर से पुनर्गठन करके नाम बदल दिया गया तो फिर बस आज के लिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अपने अपने साथियों के भी दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें तो तब तक, तक के लिए थैंक यू जय